भाइयों को मेरा नमस्कार, मेरा नमस्कार नाम संदीप गांव मैं मैं जीपी बायोफिट अरक क्रांति के अंदर डिस्ट्रीब्यूटरशिप का काम करता हूं तो मैं आज गाँव बैनी बाजशाहपुर डिस्ट्रिक्ट इस हूँ खेत के अंदर आया हूं ये जिसका खेत है उसका शुभ नाम नरेश कुमार जी है तो मैं जमींदार से ही बात करना चाहता हूं मैं उनसे पूछता हूं जीपी बाई भ्रांति के प्रोडक्ट से उनको कैसा रिजल्ट मिला सर नमस्कार आपको नमस्कार जी सर आपका शुभ नाम क्या है मेरा जी नरेश कुमार नाम है आपका गाँव सरशपुर डिस्ट्रिक्ट इस आपने क्या यूज किया इस नरमा के अंदर क्या बीमारी थी सर पहले बीमारी बताइए पहले मेरे नरमे के अंदर अर धोला फाका और मूड की शिकायत थी इसमें यस सर और अब ये चार पाँच दिन दुआई करी होगी हरिक्रांति की करें। ये सर। इसका 100 बात कहूंगा की बहुत, तो बहुत, बहुत, बहुत अच्छा रिजल्ट लगे सर आप संतुष्ट हो इस बात ऐसी बिल्कुल जी पी बायोफिट हरिक्रांति का आपने नीम स्टीक के ये सामान यूज किया होगा सर बहुत अच्छा रिजल्ट है सर इसका तो ये हमारे पिताजी है तो सर आपका शुभ नाम क्या है बाबू जगदीश जगदीश जी गांव कौन सा आपका बहनीबाद शाह ये आपका खेत है हाँ, तो आपने कैसा रिजल्ट मिला इन प्रोडक्ट बो, का बहुत बुढ़िया कौन दे गया था आप लोगों को सर संदीप संदीप संदीप संदीप फोगाट संदीप फोगाट मुंडाड़ से देखे गया था सर मैं तो ये बाबू जी है देख लो कितनी उम्र है इन्होने बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिले तो सर एक बार पौधा दिखाना आपका कैसा है आज बहुत अच्छा स्वस्थ पौधा है सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक के ऊपर ध्यान देता कि आपका स्वास्थ्य ठीक हो जय जय हरिक्रांति धन्यवाद जी